वो देख तेरी होने वाली भाभी फ्रॉम मैं मुंबई अच्छा मुंबई अच्छा बहुत प्यारा जगह है मुंबई आप आये हो कभी मुंबई नहीं कभी आया नहीं था मैं सिर्फ सुना था बहुत प्यारा जगह है लेकिन आज देख लिया क्यों प्यारा है मुंबई कोई निकले में लेकिन आप दे दो जो भी दे दोगे वो तो बढ़िया हो जाएगा तो बेसिकली आपका नाम रमेश है हाँ, राइट? मैं राम के के के बुला सकती हूँ आप मुझे राम बुलाइए मैं आपको अपना सीता बुलाऊंगा फिर ऐसे <laughs> में बड़ा सख्त होता हूँ लेकिन ये यहाँ